हेलो माय डियर फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विथ निगम इंस्टीट्यूट मैं अपने चैनल पर सोशलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर्स कराती हूँ आज का हमारा चैप्टर है सोशल ग्रुप एम प्रैक्टिस सेट फोर जो कि आपके यू जी सी नेट जे एंड सेट इस्टेट टी जी टी एंड अदर एकेडमिक एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन निम्नलिखित में से किसने सापिज वंचन को सबसे पहले प्रयुक्त किया ऑप्शन ए आर के मटन ऑप्शन बी सैमुअल ए स्टॉफा ऑप्शन सी ए सैंडरसन एंड ऑप्शन डी डब्ल्यू जी समनर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ए. क्वेश्चन नंबर टू यह कथन कि भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से उच्च है एक उदाहरण है ऑप्शन ए निजाति केंद्रवाद का ऑप्शन बी सांस्कृतिक सापेक्षता का ऑप्शन सी विदेशी द्वेष का और ऑप्शन डी रूढ़ीवाद का करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए निजाति केंद्रवाद का क्वेश्चन नंबर थ्री नकारात्मक संदर्भ समूह का अध्ययन किया गया है ऑप्शन ए राल्फ लिंटन द्वारा ऑप्शन बी जॉनसन द्वारा ऑप्शन सी स्काउट द्वारा एंड ऑप्शन डी कार लोव द्वारा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी जॉनसन द्वारा क्वेश्चन नंबर फोर किसने कहा है कि संदर्भ समूह सिद्धांत जाति आधारित भारतीय समाज में व्यवहार नहीं है ऑप्शन ए केसी सी एलेक्जेंडर ऑप्शन बी वाई वी दामले ऑप्शन सी आर के मटन एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी वाई वी दाम्बले क्वेश्चन नंबर फाइव खुले के अनुसार प्राथमिक समूह नहीं है ऑप्शन ए राजनीतिक दल ऑप्शन बी परिवार ऑप्शन सी परोश एंड ऑप्शन डी मित्र मंडली करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए राजनीतिक क्वेश्चन नंबर सिक्स एन इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ सोशियोलॉजी किसने लिखी ऑप्शन ए गिलीन एवं गिलीन ऑप्शन बी मेकाइवर एवं पेज ऑप्शन सी डेविस एवं मोर एंड ऑप्शन डी पार्क एवं बर्गेस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी पार्क एवं बर्गेस। क्वेश्चन नंबर सेवन इन्वेस्टिगे इन्वेस्टिगेशन ऑफ टू शोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं एच एस बेकर ऑप्शन बी पी एल वर्गर ऑप्शन सी सी आर विल एंड ऑप्शन डी आर एंड बेल्ला करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एच एस बेकर क्वेश्चन नंबर एट सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा को किसने विकसित किया है ऑप्शन ए फ्रायड, ऑप्शन बी मीट ऑप्शन सी कूले एंड ऑप्शन डी दुर्खिम करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी दुर्खिम क्वेश्चन नंबर नाइन निम्नलिखित विद्वानों में किसने घरेलू समूह के विकास पर एक चक्र का विचार सर्वप्रथम प्रतिपादित किया ऑप्शन ए एस कोटेश ऑप्शन बी जैक गुरी ऑप्शन सी आर फर्थ एंड ऑप्शन डी रॉबिन फॉक्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी जैक गुरी क्वेश्चन नंबर टेन सूची वन को सूची टू के साथ सम्मिलित कीजिए और सही कुट को चुनिए सूची वन में कृति एंड सूची टू लेखक ऑप्शन ए कल्चरल सोशियोलॉजी वन जी ए मिड बी माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी टू डेविस। सी हैंडबुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी थ्री किम्बाल यंग। डी ह्यूमन सोसाइटी फोर ग्लिन एंड ग्लिन कैरेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ए का फोर ए कल्चरल सोशोलॉजी ग्लिन एंड ग्लिन की पुस्तक है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी जी एम हैंड बुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी किंगबल एंग किम्बाल एंड ह्यूमन सोसाइटी डेविस की लिखी हुई पुस्तक है आज के लिए इतना ही आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। और हमारे चैनल पर आपको सोशोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर्स एंड एमसीक्यू मिलेंगे जिसके आप और भी वी वीडियो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं सोशल ग्रुप से और भी हम एमसीक्यू लेकर नेक्स्ट वीडियो में आएँगे तो उसे देखना ना भूलें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और हाँ साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए थैंक यू